गुड मॉनिंग फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम बेस आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं जॉब से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो कि डिप्लोमा और बी वालों के लिए है और ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है जो कि जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आया हुआ है तो चलते हैं चलते हैं अपना देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पर और ये आया हुआ है ग्रिफिन इन्फ्राटेक की तरफ से तो चलते हैं क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है नहीं है वो देख लेते हैं हाँ अगर अगर अपना चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नया अपडेट आए जॉब से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलते हैं अपना इन्फॉर्मेशन पर देखिए सबसे पहले है एसर इंजीनियर का इसमें इसमें आपको खोज है आठ से सा दस साल एक्सपीरियंस खोज रहा है और ये है डिप्लोमा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है अगर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो किस पे किस में किस में एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सच एच रोडवे फ्लाई वे डैम्स इट इस है एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोजेक्ट लेइंग फाउंडेशन फॉर हैविंग मशीनरी हेले डिजायर के लिए भी होना चाहिए और एक एक बात ज़रूर है कि जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो ऑटो कर्ट जरूर रिक्वायर्ड होना चाहिए ऑटो कैट तो जनरली मतलब कि सब कंपनी में होता है हर हर नोटिफिकेशन में भी आता है जॉब के रिक्वायरमेंट ऑटो कैट मस्ट भी है जो है इसमें है आपका रिज्यूम एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इस मेल पर सेंड कर देना है आपको इस वेबसाइट पर दूसरा है आपको जूनियर इंजीनियर की तरफ से आया हुआ है ये आपको इसमें आपको एक्सपीरियंस खोजता है खोज रहा है दो से चार साल एजु, एजु, एजुकेशन है इसका डिग्री एंड डिप्लोमा इन सीरी सेम एजुकेशन है रिक्वायरमेंट क्या है रिक्वायरमेंट भी वही है एक्सपीरियंस में होना चाहिए रोडवे फ्लाई ओवर डैम्स होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस ऑटो कैड का जरूर होना चाहिए तो चलते हैं और इस पे भी वही है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रिज्यूम इस पे भेज सकते हैं इसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ थर्ड में है प्रोजेक्ट मैनेजर का इसमें तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खोजा हुआ है दस से पंद्रह साल का एक्सपीरियंस खोजा हुआ है इसमें एजुकेशन भी सेम है डिग्री और डिप्लोमा वाले के लिए बोले थे तो ना डिग्री और डिप्लोमा वाले को ही लाए हुए हैं ठीक है इसमें मेरी रिक्वायरमेंट क्या है मस्ट बी अनडरटेक द टेक्निकल एंड फिजिबिलिटी स्टडी इंक्लूडिंग द साइट इन इन्वेस्टिगेशन अगर साइट इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको ज़्यादा मतलब कि टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए इसमें भी देखिए आपको आपको क्या आना चाहिए सिविल सिविल ड्रॉइंग आना चाहिए स्टीमेशन करना चाहिए प्लान प्लानिंग आना चाहिए बिल्डिंग आना चाहिए बिल्डिंग कॉस्ट बहुत तरह का होता है ना इसमें इस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सपीरियंस सीधा खोच गया तो एक्सपीरियंस ही होना चाहिए इसका इसका भी सेम है आप इसको देख लीजिएगा इस, इसका हम लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका में दे देंगे आप वहाँ से देख सकते हैं इसमें भी सेम प्रोसेस है इसमें भी रिज्यूम को सेंड करना है इसके इसके आई डी पर रिज्यूम एंड इंफॉर्मेशन के साथ अपन अपना एक एक जबरदस्त रिज्यूम बना लीजिए ताकि फिर दिक्कत ना हो रही देखिए होता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जानते ही होंगे तो तो सही है अब चलते हैं अब एक एक वो फिर से करें आपसे रिक्वेस्ट है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और की नोटिफिकेशन पाने के लिए तो जानते ही हैं क्या करना है सब्सक्राइब करना है बेलाइकन कर दबाना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और जहाँ जहाँ टूटी है वहाँ पे जरूर बताएं कि मतलब ट्रुटी है वहाँ हमको सुधारने की जरूरत है तो वो सुधार देंगे थैंक यू सो मच